City of garbage. I have achieved. I have shown. On me, no one is a stranger. It is my father's shadow. Yes, I have found. What I have lost. Friendship is good, but the enemy is also. छोड़ तो नहीं चाहिए मुझे मतलब रिश्ते मैंने काम न चलता समझ तो खुद का ही खुद में शैतान हूँ फिर भी अच्छी है बातें माँ बाप के मेहनत और बचपन से समझते आये हूँ की अपने ठीक न हलाते जानना चाहता कौन क्या करना चाहता बहाना चाहिए तो खुद खुद का ही, के तुझे कुछ था, हाँ तुझे कुछ कुछ में काम कुछ भी करता लेकिन अपने माँ बहन को भरपेट खाना तो खिलाता बाप ने हाथ छोड़ा है साथ नहीं भले कैसे भी था मेरा बाप में खुदा से बोलकर सही काम जैसे हूँ मैं जिंदा नहीं तो कबका में मर जाता कबका में मर जाता मेरा बाप मेरे सपनों में आके कहता है कि मैं दूर नहीं तेरे पास हूँ कुछ भी हो जाए तू टूटे हो ना बस याद रख सच का साथ दे कभी भूले हो ना पापा मैंने आपको कभी ना कहा क्या आसमां में चमक रहा सितारा पापा आप हो क्या मेरी चिंता मत करो मैं जीतूंगा हाँ पापा जीतूंगा हा मैं जीतूंगा हाँ पापा जीतूंगा हा है करके दिखाया है मेरे ऊपर किसी पत्थर का नहीं मेरे बाप का साया है हा मैंने पाया है जो मैंने खोया है दोस्ती तो की लेकिन गद्दार को भी मैंने सबसे ऊपर